आ, तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर आ, थोड़े आ, बड़े आ, अरे यार तुम सुन लो ना, ना यार गान सुनना यार की हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है बड़े लाद से रखा जाता है बड़ा प्यार किया जाता है कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे रोया थोड़ी जाता है तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है तुम्हारी औवत तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाँजुओं से नाप ली जाती है तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी शक्ल से ही समझ ली जाती है तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुटियापा कह दिया जाता है तो तुम्हारी चीजों को पागलपन समझ लिया जाता है तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है तुम्हारे इमोशन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और बड़ी सरलता के दिया जाता है की तुम लड़के हो ऐसे टूटा टूट जाता है अरे क्या बात है यार कुछ गाइस गरीबों पे हो गया पेट लिखा क्या खूबसूरत लिखा है अबे लोंडे रो पड़े क्या कर रहा है तू रो रहे हैं है। लोंडे चैट में रो रहे हैं दे आर क्राइम